के हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है इससे संबंधित जो भी निर्देश हैं दिए गए हैं कि अब पूरी तरह ओपन कैंप के माध्यम से नियोजन काउंसलिंग किया जाएगा तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इससे संबंधित सूचना का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं एक पेपर कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ है तो यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं इंतजार हुआ ख़त्म इंतजार खत्म ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग कराने का शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय यानी बहुत सारे प्राथमिक शिक्षक जो बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब उनका नियोजन होगा उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ओपन कैंप के जरिए उनका ये काउंसलिंग होगा नब्बे हज़ार प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग पाँच सात और बारह जुलाई को होगी क्या निर्देश दिए गए हैं देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने नब्बे प्राथमिक और मध्य शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी यानी ये कल का जारी की गई जो नोटिस है दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं नगर निकायों के लिए जिला मुख्यालयों पर पाँच जुलाई को नगर निकायों के लिए जिला मुख्यालय पर पाँच जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई के लिए जिला मुख्यालय पर सात जुलाई को और पंचायत नियोजन इकाई में नियोजन के लिए बारह जुलाई को प्रखंड प्रखंड मुख्यालय पर काउंसिलिंग कराई जाएगी सभी डेट वाइज दिए गए हैं यह काउंसलिंग ओपन कैंप के जरिए कराने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमारों की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल उन नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग नहीं कराई जाएगी यह देख सकते हैं स्पष्टता दिया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं कराई जहां दिव्यांग के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं दरअसल यह काउंसलिंग उन नियोजन इकाइयों पर में कराई जा रही है जहां दिव्यांग आवेदन प्राप्त देख सकते हैं दिव्यांग के आवेदन वाले नियोजन इकाइयों में नियुक्ति का शेड्यूल जारी जहाँ दिव्यांग के लिए आवेदन प्राप्त हुए नियोजन इकाइयों में नियुक्ति का शेड्यूल जारी हुआ है शिक्षा विभाग ने उन नियोजन इकाइयों में जहाँ दिव्यांग व्यर्थी ने आवेदन दिए हैं वहाँ की नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है दो जुलाई तक औपबंधिक मेगा सूची का की तैयारी व प्रकाशन तीन से नौ जुलाई तक मेगा सूची पर आपत्ति बारह तक आप प्राप्त आपत्तियों का निराकरण होगा पंद्रह जुलाई तक मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन चौबीस जुलाई को जिला की तरफ से मेगा सूची का अनुमोदन सत्ताईस जुलाई तक मेगा सूची का सार्वजनिककरण दो अगस्त को नगर निकायों के लिए काउंसिलिंग चार अगस्त को प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 9 अगस्त को पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ कही जाएगी सभी विद्या सभी जो अभ्यर्थी हैं नियोजन के लिए बैठे हुए हैं देख सकते हैं एसटीटी शिक्षा मंत्री बोले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले क्वालिफाइड छात्रों को हक में आएगा फैसला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जाएगी देख सकते हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एस 2019 में पास होने वाले ऐसे छात्र जो क्वालिफाइड तो हैं लेकिन उनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है एसटीटी के लिए यहां पे निर्देश दिए गए हैं तो इस जो न्यूज़ को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि जो भी नियोजन के लिए बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स उनको बहुत ही लाभ इसमें प्राप्त होगा तो उनके पास ये वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक धन्यवाद